दर्शकों ओम नमः शिवाय 16 मार्च का दैनिक राशिफल क्या कुछ नया ले के आया है मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ सोमवार के दिन को आप प्रभावी कैसे बना सकते हैं क्या ऐसे दिव्य उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ें उससे पहले एक दृष्टि पंचांग पर डालते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है तो देखिए विक्रम संबंध दो और प्रमादी नामक संवत्सर चल रहा है चैत मास है और आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी ब्रह्मा वैवक पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अष्टमी तिथि को नारियल त्याज्य बताया गया है नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए वहीं दर्शकों आज सोमवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 18 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर ग्यारह मिनट पर दर्शकों नक्षत्र की बात करते हैं तो जेष्ठा नक्षत्र रहेगा और मूल नक्षत्र रहेगा जेष्ठा जहाँ की बुद्ध का नक्षत्र है और मूल जो कि केतु का नक्षत्र है करण की बात करें तो वालव और कौलव करण रहेगा साथ ही साथ सिद्धि और व्यातिपात योग रहेगा दर्शकों आज के शुभ समय पर आ जाते हैं सोमवार का दिन सबसे अभिजीत मूर्त क्या रहेगा तो प्रातः 11 बजकर 51 मिनट से 12 बजकर 38 मिनट तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मूर्त का रहेगा वही अशुभ समय पर आते हैं कि आज का अशुभ समय क्या है इसको कि राहु काल के नाम से बेसिकली जानते हैं तो आज का राहुकाल सात बजकर सैंतालीस मिनट से नौ बजकर सोलह मिनट तक की रहेगा और जो यम काल रहेगा ये सुबह दस से बारह तक रहेगा कोशिश कीजिएगा प्रयास कीजिएगा कि शुभ कार्यो को इन बेला में मत करिएगा देखिए दर्शकों चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में सुबह ग्यारह बजकर 12 मिनट तक ही चलायमान रहेंगे उसके बाद ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में केतु के साथ संचरण करेंगे सूर्यदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं सोमवार दिन रहेगा दर्शकों और पूर्व दिशा की ओर का दिशा रहता है तो आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा यदि करना पड़ जाए तो पहले आप दर्पण देखिएगा दर्पण में देख करके अपना जो है चेहरा फिर यात्रा पर निकलिएगा और पहले पश्चिम दिशा की ओर चार पक चल लीजिएगा उसके बाद पूर्व दिशा की ओर यदि आप यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है दिन अच्छा व्यतीत होगा तो मेष से लेकर के मीन राशि के जात को क्या कुछ नया है लेकिन दर्शकों आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है कि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए और हां दर्शकों यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर सुबह दस बजे से लेकर के शाम छः बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं यदि टेलीफोन कॉल नहीं उठता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर दोनों नंबर व्हाट्सएप पर है आप लोग व्हाट्सएप पर भी प्रोसीजर पूछ सकते हैं पहली राशि आती है हमारी मेष राशि देखिए मेष राशि के जातकों आज सामाजिक कार्य या राजनीति से जुड़े लोग कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप सरकार से किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ आज जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ आपका भारी भरकम खर्च हो सकता है बजट असंतुलित हो सकता है धन संबंधी मामलों पर आज विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगा अन्यथा जो आप आज लाभ कमाएंगे वो हानि में परिवर्तित हो सकती है मेष राशि के जातको आज यात्राओं का दौर जारी रहेगा आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उपाय आपको क्या करना रहेगा तो आज शिवलिंग पर दूध में काला तिल डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक कीजिए और जीवन साथी को बोल दीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप कर लें शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है टोरस अर्थात वृषभ राशि देखिए वृषभ राशि के जात को व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है और आज के दिन आप लोग काफ़ी प्रगति करेंगे आय की वृद्धि के लिए स्थिति आज आपके अनुकूल रहेगी आज आप व्यावसायिक यात्राओं पर प्रातः काल से जा सकते हैं और ये यात्राएँ लंबी दूरी की रहेंगी ईश्वर की कृपा से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज आपका भाग्य भरपूर साथ देगा इसलिए आज आप व्यावसायिक जीवन के संबंध में नई योजनाएं बना सकते हैं आर्थिक लेन देन आज आपको सोच समझ कर करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं और आज अविवाहित लोगों को कोई विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए वृषभ राशि के जातकों ओम राम चंद्र मन से नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करिए साथ ही साथ आज किसी महिला को आप लोग चावल या दूध का या शक्कर जिसको चीनी बोलते हैं इनका दान कर सकते हैं आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा चार अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जातकों आज का दिन आप में अधिक जो है अधिकतर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आज आप शुभ चिंतकों और दोस्तों की मदद से भविष्य की योजनाएं बना सकेंगे यदि आप सहयोग लेने के इच्छुक हैं तो आपके वरिष्ठ आपकी हर संभव सहायता करेंगे कुछ नए परिचितों द्वारा आप खाने से बचने के लिए अपने विकल्पों को समझदारी से चुने तो बेहतर रहेगा आज मिथुन राशि के जो हमारे जातक रहेंगे ये किसी बड़ी जो है मतलब सफलता के हकदार होंगे कोई बहुत बड़ी चीज के जो है मतलब ये अचीवमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ कोई नया वाहन भी आज, आज आप लोग क्रय कर सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का मंत्र है इस मंत्र का 108 बार जाप करिए साथ ही साथ आज कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक लगा करके जरूर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं अगली राशि आती है कर्क राशि के जातकों आज जीवन साथी की खराब सेहत की वजह से घर में कुछ खुशियों में कमी आ सकती है आज आप लोग चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे आज आपके व्यापार में तेजी आएगी और नए मार्ग प्रशस्त होंगे साझेदारी भी आज, आज आपकी फायदेमंद रहेगी छोटे व्यवसायी बड़े लोगों की तुलना में अधिक लाभ कमाएंगे कड़ी मेहनत से आज आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा देखिए कर्क राशि के जात को आज आप लोग प्रयास ये करिएगा कि भगवान भोलेनाथ पर दूध में शहद मिला करके और ओम जूम साह ये मंत्र है इस मंत्र से आप लोग अभिषेक करिए साथ ही साथ आज के दिन आप लोग नमक इवाइट कर दें तो बहुत सुंदर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है यह आती है सिंह राशि देखिए सिंह राशि के जात को अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सतर्कता बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं कोई मौसमी आ, बुखार के आप शिकार हो सकते हैं आज आपका अत्यधिक मौज मस्ती का स्वभाव रहेगा तो सावधान हो जाए अन्यथा किसी आज, आज आप लोग स्कैंडल में फंस सकते हैं साथ ही साथ व्यापार में आज, आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी नवीन सौदे आज आपके लिए लाभदायक रहेंगे जो छात्रवर्ग हैं इनको एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई पड़ रही साथ ही साथ इनका जो कंसनट्रेशन लेवल रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा विवाह योग्य जातकों का विवाह संबंध आज निश्चित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग शिव चालीसा जल में लाल कुमकुम और का शुभ अंक आपके, आपके लिए रहेगा एक बढ़ते हम अपनी अगली राशि हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि देखिये कन्या राशि के जात को दोस्तों की मदद से आज आप चीजों को सकारात्मक रूप से घुमा पाएंगे आज आप मौसम के अनुसार थोड़ा शिथिल महसूस करते हुए जो है दिखाई पड़ रहे हैं नए वाहन या संपत्ति क्रय करने की योजनाएं अगर आज आप स्थगित कर दें तो बेहतर रहेगा अन्यथा किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर कुछ नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कन्या राशि के जो जातक आज यात्राओं पर निकल रहे हैं तो खास करके आज आप लोग अपने सामान की जो है सुरक्षा करिएगा अन्यथा चोरी होने का भय है उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो देखिए आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए साथ ही साथ आज आप लोग मीठा चावल गाय को जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात बढ़ते हम अपनी अगली राशि देखिए दर्शकों फटाफट आप लोग प्लीज लाइक कीजिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन आप लोग दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंच सके तुला राशि की ओर बढ़ते हैं देखिए तुला राशि के जात को आज व्यवसायिक संदर्भ में नए उद्यम की शुरुआत हो सकती है या आज आप एक नए सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं काम में आने वाली सामान्यता कठिनाइयों के बारे में ज़्यादा चिंता न करें और अपने कार्य के ऊपर अपने जो है काम पर आप लोगों को फोकस करना रहेगा आज अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ कई बाहर घूमने जा सकते हैं आज का दिन कोई नई नौकरी कोई नए रोजगार का दिन है तो जो बेरोजगार लोग हैं इनको कोई नए रोजगार का सृजन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को करना क्या रहेगा देखिए तुला राशि के जातकों आज आप लोगों को मीठा चावल कबुओ को खिलाना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन दूध का दान आप लोग धर्म स्थान पर जरूर करें आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा दो अगली राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है आती है वृश्चिक राशि देखिए वृश्चिक राशि के जातकों कार्यस्थल पर आज आपके पास अपनी योग्यता साबित करने के बेहतर अवसर होंगे जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे छात्रों को आज अध्ययन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे सुअवसर आज आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं इनको आज इनके पिता की तरफ से कोई सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज का दिन आप लोगों की उपलब्धि का दिन रहेगा तरक्की का दिन रहेगा तो नई नौकरी आज आपको मिलेगी नया रोजगार आपको मिलेगा साथ ही साथ कोई इंक्रीमेंट इत्यादि हो सकता है और आज आपको धन लाभ प्राप्त होता हुआ वृश्चिक राशि के जात को दिखाई दे रहा है देखिए वृश्चिक राशि के, के जात उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज शिवलिंग पर आपको दही चढ़ाना रहेगा दही से अभिषेक भगवान भोलेनाथ का आज आप करिए उसके बाद शुद्ध गंगा जल से आप लोग स्नान करा दीजिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक हमारी अगली राशि आती आती धनु राशि सैजिटेरियर देखिए धनुराशि के जात आज आप में से कुछ की रचनात्मक क्षमता काफ़ी चरम पर होगी लेकिन आज आपके अंदर वित्तीय ऊपर आपके ऊपर वित्तीय दबाव हो सकता है आज आपको किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने वाली महत्वपूर्ण सलाह पर ध्यान देने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आपको कोई आपसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति सलाह दे रहा है तो उस पर विचार करिए कि क्या ये चीज़ें मैं अपने रोजगार में या अपने कार्य में या अपने व्यापार में या अपने पारिवारिक स्थितियों में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है उनके दिए गए सुझाव से आप सही कर सकते हैं साथ ही साथ आज काफ़ी मात्रा में धन लाभ अर्जित करने के योग बन रहे हैं आज आपको अपने पिता का सुझाव कुछ नए वित्तीय मार्ग खोलने में मदद कर सकता है धनुराशि के जात को कोई नए प्लैट का सौदा या कोई नए प्रॉपर्टी का या कोई नए फ्लैट का सौदा आज आपका हो सकता है या आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं आज कोई नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले चंद्रशेखर स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा साथ ही साथ आज के दिन कुछ मीठा मिश्री इत्यादि खा करके कार्यक्षेत्र पर निकलिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो मकर राशि की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारी अगली राशि आती आती है मकर राशि देखिए मकर राशि के जातकों दिन की शुरुआत में चीज़ें योजना के अनुसार घटित नहीं हो पाएंगी किंतु आज आप अपनी घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण रहता है कानूनी मामलों में बहुत सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आप खुद को विपरीत स्थितियों में पा सकते हैं रियल इस्टेट डीलिंग आज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है साथ ही साथ जो मकर राशि के जातक हैं ये आज कहीं जो है यात्राओं पर जा सकते हैं धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही ले। लेकिन आज आपका धन खर्च अधिक होगा कार्य क्षेत्र में भी आज थोड़ी सी जो है असंतोष का सामना करना पड़ सकता है जो लोग आपके साथ कार्यक्षेत्र पर इम्प्लाई है वो आपका विरोध कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को देखिए मकर राशि के जातको आज के दिन आप लोग ओम नम शिवा मंत्र का एक बार जाप करें साथ ही साथ शिव चालीसा का आज आपको करना रहेगा। आपके लिए रहेगा, ये रहेगा, नीला रंग और, रहेगा, रहेगा, को और परिणाम आज आपके पक्ष में रहेंगे समय अनुकूल होने के बावजूद शत्रु लगातार आज आपके और आपको परेशान करने आज ईमानदारी से किया गया कार्य अतिरिक्त लाभ के रूप में आपको फल देगा आज आप में से जो कुछ के जीवन में जो है क्या कहते हैं प्रेम की कमी दिखाई पड़ रही थी तो आपके जीवन में कोई नए प्रेम का जो है आगमन हो सकता है दस्तक हो सकता है कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज काफ़ी अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो आज आप लोग बुलंदी के आयाम छूएंगे साथ ही साथ आज आपके धन का एक हिस्सा आपके घर परिवार में पिता के स्वास्थ्य पर लग सकता है आज के दिन आपको कोई नया रोजगार प्राप्त हो सकता है कोई नई नौकरी आज, आज आपको प्राप्त हो सकती है और आज आप लोग उच्च अधिकारियों के आंख के तारे बने रहेंगे उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा कुंभ राशि के जात को देखिए कुंभ राशि के जात को आज आप लोग जो है नमक वाइट करिए आज के दिन आप लोग उपवास करिए साथ ही साथ आज आप लोग मीठा चावल गाय को जरूर खिलाईए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छ हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज का दिन मिश्रित परिणामदायक रहेगा आमदनी ठीक रहेगी लेकिन बढ़ते खर्चों पर विराम लगाने में आज आप सफल नहीं हो पाएंगे दैनिक कार्य आसानी से संपन्न होंगे व्यवसायिक संदर्भ में यह एक उत्कृष्ट समय आपके लिए रहने वाला मात्र संबंध आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा पारिवारिक कष्ट आज आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को प्रभावित कर सकते हैं वहीं संतान से मिलने वाला सुख आज आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपकी संतान आ, का यदि कोई एग्जाम है कोई पेपर है तो काफ़ी कुछ आ, अनुकूल परिस्थितियां होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ कानूनी मामलों में आज बहुत ही सावधानी बरतने की आपको सितारे यहां पर सलाह दे रहे हैं आज रियल एस्टेट की डीलिंग आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए साथ ही साथ आज के दिन आप लोग चीनी का दान धर्मस्थान पर शक्कर जिसको बोलते हैं इसका दान जरूर आप लोग जो है धर्मस्थान पर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ